बुखार या सर्दी खांसी जो भी आता है तो तत्काल अपने निगरानी समिति जिसमें आपके सभाषद हैं लाल बहादुर जी और आशा हैं इनके पास दवाई का पैकेट है तत्काल वो पैकेट ले लें दवाई खाना शुरू करें और बता दें इनको तो ये जांच टीम यहीं पे आ आपका जांच कर लेगी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है और दूरी बना लें आप अपने परिवार से तुरंत हैं रिपोर्ट का इंतजार ना करें कि वो पॉजिटिव आएगा तब हम दूरी बनाएंगे और तब तक वो फैल चुका होगा क्योंकि यहाँ पर जौनपुर नगर में बीच में बहुत ज़्यादा मामले आ रहे थे एक दिन में दो दो सौ मामले आ रहे थे इन्हीं मोहल्लों से वो इसीलिए क्योंकि शुरुआत में आप लोगों ने बचाव नहीं किया लेकिन अब आप जागरूकता आपको और जागरूक होना होगा और दवाई की कहीं पे भी कमी नहीं है जिसको भी आवश्यकता हो तत्काल दवाइयाँ ले लें आशा के माध्यम से अपने सफात के माध्यम से अगर यहाँ तक नहीं मिलता है तो कंट्रोल रूम पर तत्काल संपर्क करें कंट्रोल रूम से हम लोग दवाइयाँ आपको भिजवा देंगे ठीक है